माधोपुर यहाँ पर आप देख रहे हैं उनका नाम है वीरेंद्र शर्मा ये मिट्टी चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं और चलते हैं वीरेंद्र शर्मा जी से और कुछ बात करते हैं इन के मुख से सुन लीजिए बोले मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है मकान कहाँ है ग्राम माधोपुर अनंत इस जिला के रहने वाले हैं आप शिवहर जिला और आज आपका कौन सा है बिहार राज्य आप यह मिट्टी के अंदर कौन सा हुए है इसे मिट्टी प्राकृतिक चिकित्सा से अनेक शारीरिक विकार दूर होते हैं इसके लिए इसका लाभ लेने ले ले ले के लिए जी तो आप अपना जीवन के बारे में कुछ बता सकते है इससे पहले आप कहां पर थे क्या काम करते थे अध्यात्म विद्या का प्रचार कहां पर थे पूरे भारत था भ्रमण में थे आप अच्छा हाँ। योग का प्रचार करते थे पूरे भारत में घूम घूम के कितना दिन तक कितना दिन तक आप योग यो का प्रचार पूरे भारत में भ्रमण किए योग का प्रचार के लिए चौदह साल चौदह हमारी इच्छा है जी। कि सनातन धर्म जी। कैसे धारण करके अपने जीवन को सार्थक किया जाए जिस सनातन धर्म के विज्ञान को भगवान कृष्ण ने गुरुकुल में जाकर जा कर के आश्रम में सीखा था जी। जिस सनातन धर्म के ज्ञान को अपने जीवन में भगवान राम ने प्राप्त किया वशिष्ठ जी के गुरुकुल में जा कर के जो टीवी सीरियल में भी दिखाया जाता है उस सनातन धर्म से के माध्यम से कैसे अंदर की शक्ति को बढ़ाया जाए कैसे अपनी शक्ति को बलवान किया जाए जी, उसका विज्ञान जो द्वापर में था जी, जो न, द्वापर में था जी, और राम थे त्रेता में त्रेता में वह ज्ञान आज पूर्ण रूप से पुष्पित फलवित है और जो लोग इस ज्ञान को घर बैठे प्राप्त करना चाहते है संपर्क करेंगे जिला शीवार। जिला शिवहर अनंत मादवपुरान, योग प्रकृति चिकित्सा एवं प्रशिक्षण केंद्र में योग प्राकृतिक चिकित्सा एवं प्रशिक्षण केंद्र जी जी जी ध्रुव नारायण सिंह जी मोबाइल नंबर छियासी छियासी सात सात अड़तालीस अड़तालीस सतासी इक्सी जीरो जीरो तीस तीस जो कई जन्मों का में कार्य संभव होता है अध्यासनातन धर्म को धारण करने की पूर्णता वो यहाँ परमात्मा की कृपा से यहाँ पर वो शक्ति कार्य कर रही है इस ईश्वर की और अल्प समय में दिनों में महीनों नहीं लगते चक्र उद्मुख हो जाते हैं कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जब तक कोई जानेगा नहीं मानेगा नहीं और बिन जाने होती लेकिन ऐसा ज्ञान आज पूर्ण रूप से प्रकट है यह ईश्वर की असीम कृपा है जी जी तो ये मिट्टी चिकित्सा आप अपने जीवन में प्रथम बार ले रहे कि पहले भी किए थे मिट्टी चिकित्सा प्रथम बार और ये मिट्टी चिकित्सा के बारे में आपको को समझाया था बताया था इसका डॉक्टर ध्रुव नारायण सिंह और कुछ कहना चाह रहे हैं अध्यात्म के बारे में अध्यात्म के बारे में जब नरेंद्र मोदी अभी विदेश गए थे जी। वहां से लौटे हैं जी। तो न्यूज में देखा मैंने जी। सनातन धर्म के बारे में जी। जी। वो संगठित और समाज में कैसे इसको पूर्ण रूप से स्थापित किया जाए जी। तो मैं उसमें पूर्ण से सहयोग करने के लिए उनका जैसा विचार होगा योजना होगा उनके कार्य में जी, न, लग करके जी, उनकी योजना को सफल करने का प्रयत्न करूंगा यह मेरा भी संकल्प है जी जी जी बहुत सुंदर क्या आप मिट्टी के अंदर में दबे हुए हैं। इसे कोई कष्ट भी आपको हो रहा है कोई कष्ट नहीं है कोई अनुभव आपका मिट्टी के अंदर में तो से अनुभव आपको है कुछ शीतलता प्राप्त हो रही है पूरे शरीर में जी जी जी ठीक और यह जो मिट्टी चिकित्सा है तीन दिन का शिविर है दिन शिविर में प्राकृतिक चिकित्सा ये तीन दिन तक चलेगा आज पहला दिन है तीन दिन का शिविर है तीन दिन का शिविर है।, है जी और मैं प्रथम इसमें इसका उपयोग लाभ ले रहा हूँ और लोग कल से और संख्या बढ़ेगी भोजन के बारे में आप ख्याल मानव को शाकाहारी जीव।, जीव के रूप में परमात्मा ने Uh, प्रकट किया शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव के लक्षण विज्ञान में चौथा पांचवा क्लास में पढ़ाया जाता है कि मांसाहारी के दांत नुकीले, और वह जीव से चाट कर पानी पीता है लेकिन मनुष्य जो है जीव से चाट कर पानी नहीं पीता जीड़ी। उसके दांत नुकीले नहीं है चपटा है और मांसाहारी जीव पीता है चाट के पानी और हम लोग घूट के पानी पीते हैं तो परमात्मा ने जिस के लिए मानव शरीर दिया कि मानव शरीर दे रहा हूं और तुम्हारे शरीर में नौ द्वारों से भिन्न दो आख दो नाक के छिद्र दोकान मुख और गुदालिंग नौ द्वार है नौ द्वारों से भिन्न साधन के धाम रूपी शरीर में एक द्वार है जो गुप्त है बंद है और शीर के मध्य भाग में स्थित है जिसे कहा संतों ने सुष्म द्वार, द्वार को बंद द्वार को खोलकर इस सनातन धर्म के विज्ञान के द्वारा आगे की यात्रा जिसका हो जाएगा उसका मानव जन्म लेना सार्थक हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद मैं डॉक्टर धुधुरारायण सिंह योग प्रकृतिक के एवं प्रशिक्षण केंद्र जिला पूर्वी चंपारण ग्राम माधोपुर आज उनतीस 30 और एक ये तीन शिविर है मिट्टी चिकित्सा से मिट्टी चिकित्सा से सारे रोगों का नाश होता है कहा गया है कि मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की यही दवा यही शब्द के साथ मैं अपने वाणी के ग्राम दे रहा हूं मिट्टी चिकित्सा के बारे में फिर मैं कहना चाहता हूं मुख्य रूप से मिट्टी पानी धूप हवा सब रोगों की ही दवा यहां पर दवा की आवश्यकता नहीं है मिट्टी से पानी से धूप से, से सारे रोग का स्थायी रूप से समन होता है यह तीन दिवसीय शिविर में डॉ बरेंदर सिंह ग्राम माधोपुरंत मिट्टी चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं और दर्शक लोग देख रहे हैं देखेंगे समझेंगे तो आगे भविष्य में वो भी ऐसा मिट्टी चिकित्सा सुबह लाभ लेंगे